मेरी इन नादानियों को गुस्सा की समझना मेरे प्यार की कोशिश को तुम दिल से समझना जब कभी तन्हाइयों से मैं अकेला घिर जाऊं, जब कभी तन्हाइयों से मैं अकेला घिर जाऊं, तब मेरे जीवन की वो आखिरी किरण सिर्फ तुम ही बनना सिर्फ तुम ही बनना